पता है कई दफा अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है महाभारत में कृष्ण अर्जुन को बीच रणभूमि में खड़ा करके कहते हैं पार्थ धनुष उठाओ और युद्ध प्रारंभ करो तब अर्जुन के आंखों से आंसू गिरते हैं और अर्जुन कहते हैं है हे केशव मैं किन पे बाण उठाऊ ये तो सारे मेरे अपने हैं तब कृष्ण ने कहा पार्थ ये तुम्हारे अपने तो है लेकिन तुम्हारे साथ नहीं है ये अधर्म की तरफ है और तुम ये लड़ाई धर्म के लिए कर रहे हो क्योंकि कौरवों ने छल से पांडवों का हक मार लिया था जिसकी वजह से ये लड़ाई हुई गीता के इस अध्याय का सार बस इतना है कि अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है और कई दफा अपनों से लड़नी पड़ती है और अपने हक के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं होती उस लड़ाई में ऊपर वाला भी आपका साथ देता है जैसे कृष्ण ने अर्जुन का दिया